तो क्या सॉर्ट में ऐसा हो सकता है कि जो हमने कलर्ड कर रखा है हमें फॉर्मेटिंग कर रखा है क्या वो टॉप पे आ सकता है ऐसा आ सकता है इसके लिए आपको जाना होगा कस्टम शॉट में जी हम शॉर्ट एंडर के कस्टम शॉर्ट में और यहाँ पे अपना कॉलम को सिलेक्ट करें और सेल वैल्यू पहले से डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है यहाँ पे आप सेल कलर को सिलेक्ट करें और जहाँ नो सेल कलर होता है उस पर क्लिक कीजिएगा तो इस कॉलर में जितने भी कलर्ड अप्लाई टाइप का कलर अप्लाइड होंगे उसका लिस्ट होगा अपना कलर चूज करें अभी ऑन द टॉप चाहिए या ऑन द बॉटम चाहिए इसको सिलेक्ट करें एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके आप देखिए सर का सर शॉर्ट आपका यहां पर आ गया